BTS live concert humare के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है तो साक्षात माँ कालका का दरबार लगा हुआ है और सभी लोग अपनी हाथी लगाए आप भी अपनी हाजिर लगाए माजी सागर लेके